आई होप सब बढ़िया होंगे बढ़िया ही होने चाहिए तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और आज संडे है और आज हमारे मेरे जॉब का छुट्टी है तो अभी हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए और तो अभी चलते हैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया अभी मैं अभी 11 बजे आपको मैं दिखा दिया 12 बजे ब्लॉग स्टार्ट करने का मतलब कुछ भी नहीं निकलता है। फिर भी अभी पूरा दिन तो ऐसा वेस्ट हो जाएगा फिर अभी चलते फटाफट से तो अगर आपको वॉइस अच्छी आ रही तो बताना कमेंट करके और अभी अभी मैं हफ़्ते में जैसे लास्ट वाले चैनल पे मैं करता था स्टार्टिंग में मैंने उस वाले चैनल पे जो है, पुराने वाले चैनल पे जो मेरा चला गया चैनल उस पर मैं मालूम हफ्ते में सिर्फ दो वीडियो डालता था स्टार्टिंग में दो से तीन वीडियो तो अगर हो सकता है तो मैं इस पर सिर्फ दो से तीन वीडियो डालूंगा अगर आपको पसंद आएगा तो देखना नहीं आएगा तो भी देखना पसंद ज़्यादा पसंद आया तो फिर शेयर कर देना क्योंकि कंटेंट निकालना जरूरी है क्योंकि इस चैनल को मुझे ग्रो करना है हर एकदम से हर तरीके से जैसे मेरी पूरी मेहनत लगा के तो इस चैनल को ग्रो करते हैं उसके बाद ही अभी जो है चलते अब हम तो चलते हैं अभी कैपिटल मॉल जाने का प्लान बन रहा है तो चलते यूट्यूब ला सकता हूँ एक मिनट अरे ये क्यों नहीं आ रहा है नहीं आएगा वो तो दो। चाहिए है? वीवो का ब्रांड ये है ना? नाई फिफ्टी सिक्स नहीं ये है कौन सा मॉडल से नहीं आ रहा है इसका कैमरा ये ये कौन सा अरे यही है पागर देखना कैमरा हाँ वो भाई ब्लर दे रहा है बैकग्राउंड ब्लर और क्या चाहिए देखना कैसे का बोलता यही <laughs> पर कलर से अपने को क्या मैचर करने का अपने कैमरे से मतलब है बवाल चीजें भी फ़ाइनली मैं घर पे आ गया और घर पे आने के बाद इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया मतलब थक गया था मतलब वहाँ से पूरा पैदल चल के आया तो उस वजह से मैं थक गया था और थकने की वजह से तो खा अभी खाना नहीं खाया अभी खाना खा के और वीडियो एडिट करके वीडियो एडिट करके बाद उसके बाद सो जाऊँगा और सुबह उठ के अपलोड भी करना है तो जल्दी जल्दी करके और सोते तो उम्मीद है ब्लॉग पसंद आएगा पसंद आए तो लाइक कमेंट से चैनल पे नए हो तो फिर से बोलता हो जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि भाई अपना एम है कम से कम 10000 करने का सब्सक्राइबर तब जाके कुछ मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी कि मैंने कुछ कर रहा है और पुराने चैनल का वहाँ पे प्ले बटन दिख रहा है वहाँ पर रखा है तो अब उसकी जगह वहीं पर और उसका कुछ काम नहीं है तो फटाफट से चलते बहुत आवाज़ आ रही है